राजगढ़ जेल में मुस्लिम युवकों की दाढ़ी काटे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है इस मसले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर इस प्रकरण पर आपत्ति दर्ज करवाई और इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है राजगढ़ जेल में मुस्लिम युवकों की दाढ़ी काटे जाने को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है उन्होंने कहा कि यह एक दुखद घटना है जेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से मुस्लिम समुदाय में रोष है राजगढ़ के कुछ मुस्लिम के धारा की कार्यवाही कर न्यायालय तहसीलदार युवकों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से अभी मेरी मुलाकात हुई राजगढ़ के अंदर जीरापुर थाने की तरफ से कार्रवाई हुई एक सौ इक्यावन में कलीम सलीम जैसे पांच सलमान पांच लोगों पर उनकी बेचारों की दाढ़ी थी और उनकी दाढ़ी जेल में काट दी गई जो एक बहुत दर्दनाक घटना है और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा कलंक वाली है मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण नहीं था मैंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को ये बात अवगत कराया गृहमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत ही अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी ये दोनों भरोसा उन्होंने दिलाया आज पीड़ितों को मैंने उनके साथ मिलाया है मुझे उम्मीद है कि गृह की गंभीरता को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ दोषियों पर कार्रवाई शीघ्र होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। ऑफ ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरीज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन